स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस जी फूड वर्ल्ड में गर्मियाँ आ चुकी है दोस्तों और उसके साथ हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे ड्रिंक्स और मॉकटेल्स की तो इसी एक रेसिपी के साथ मैं लौटी हूँ जिसका नाम है फ्रेश लाइम सोडा बहुत ही आसानी से बन जाती है दोस्तों ये रेसिपी इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आइए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए दोस्तों बनाते हैं रिफ्रेशिंग फ्रेश लाइम सोडा फ्रेश लाइम सोडा को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि ज़्यादातर सबके घरों में होते हैं जो भी इंग्रीडियंट्स है देख लेते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एक नींबू का रस दो फ्रेश पुदीना लीवस काला नमक थोड़ी सी आइस क्यूब्स शुगर सिरप शुगर सिरप बनाने के लिए आपको लेना है आधा कप पानी और आधा कप ही चीनी और इस मिक्सचर को गैस पर रख कर एक बॉयल लगवा लेंगे आपका शुगर सिरप रेडी है कुछ कटे हुए नींबू के स्लाइसेस, नमक और लेनी है एक सोडा की बोतल। ये आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगी सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं हमारे अब मोटर पैसल लेंगे आप आमदस्ता भी ले सकते हैं इसमें ऐड करेंगे दो पुदीना लीव्स साथ ही ऐड करेंगे दो आइस क्यूब्स मडल करेंगे आइस क्यूब्स और पुदीना लीव्स को ताकि जो पुदीना का फ़्लेवर है वो अच्छी तरह आइस क्यूब्स में आ जाए हल्के हाथ से कूटना है तो रेडी है ये आप एक ग्लास लेंगे जिसमें आपने ये फ्रेश लाइम सोडा सर्व करना है और उसमें ऐड करेंगे पाँच टेबलस्पून शुगर सिरप चुटकी भर काला नमक चुटकी भर ही सफ़ेद नमक जो पुदीना लीवस और आइस क्यूब्स मडल की थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस भी डाल देंगे अब बारी आती है सोडा ऐड करने की तो सोडा कैसे ऐड करना है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक स्पून लेना है और उसके बैक साइड पे हमें सोडा ऐड करना है धीरे धीरे इससे ये होगा कि एकदम फिज नहीं बनेगी और सोडा बाहर नहीं आएगा सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं अब एक अच्छा सा स्टर करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्ट्रॉ की मदद से जो नींबू स्लाइसेस हमने कट किए थे वो भी ऐड कर देंगे तो तैयार है हमारा रिफ़्रेशिंग फ्रेश लाइम सोडा जो कि बहुत ही टेस्टी है और साथ के साथ हार्ट डिजीजेज़ के चांसेस को कम करता है ट्राई ज़रूर करें करेंगे रेसिपी और शेयर करें मेरे साथ सजेशंस एंड कमेंट्स मिलूँगी ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब